तो दोस्तों YouTube की तरफ से आ चुका है तीन न्यू मज़ेदार अपडेट और ये तीन अपडेट जो है पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और ये इनमें से दो अपडेट जो है वो शॉर्ट क्रिएटर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है अगर आप भी शॉर्ट क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आप शॉर्ट क्रिएटर नहीं है तभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि ये शॉर्ट क्रिएटर और लॉन्ग क्रिएटर दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल अपडेट आया है यूट्यूब के तरफ से तो बिना टाइम पर से चले टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के तो यहाँ पर यूट्यूब का पहला अपडेट है यूट्यूब एनालिटिक्स को लेकर आप अपने चैनल पर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता था पहले जो है एडिट चैनल और दूसरा मिलता था आपको मैनेज वीडियो और वहीं पर कुछ चेंजेस कर दिया गया है वहाँ पर एडिट चैनल तो रहेगा लेकिन मैनेज वीडियो को हटा कर वहाँ पर जो है एनालिटिक्स सेव कर दिया गया है और इससे क्या हुआ कि आप जो है वाइट स्टूडियो का पूरा काम जो है आप यूट्यूब एप्लीकेशन पर ही कर सकते यानी कि वाइट स्टूडियो पर जो कुछ आप देखते थे एनालिटिक्स अपने वीडियो का परफॉर्मेंस देखते थे वो सब कुछ आप जो है आप यूट्यूब के एप्लीकेशन पर ही कर सकते हैं और ये शॉर्ट क्रिएटर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और दूसरा अपडेट आया है जो लाइव स्ट्रीम करते हैं वहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम करते तो उसको पता नहीं चलता है कि हमारे लाइव में जो है लाइव इंड होने के बाद उसे पता नहीं चलता है कि हमारे लाइव पर जो है कब जो है कि, कितने लोगों ने जो है हमें मैसेज किया था वो सब कुछ नहीं पता था, चलता था लेकिन अब यूट्यूब ने अपडेट कर दिया है वहीं पर आपको जो है यूट्यूब एप्लीकेशन पर ही आपको देखने को मिलेगा कि वहीं पर आपको एनालिटिक्स पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा कनकोरेंट व्यूअर्स और दूसरा मिलेगा आपको जो है आप लाइव मैसेज आया है और तीसरा सिर्फ सिर्फ अपडेट आया है वो बहुत ही मजेदार अपडेट है और ये भी शॉर्ट क्रिएटर के लिए ही है जैसे की आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करते थे और उसको पब्लिक कर देते थे तो उसका रियल टाइम व्यू जो है जो कुछ भी देखने के लिए यूट्यूब में जो है कई कई घंटे लग जाते थे लेकिन YouTube ने ऐसे हटा कर अब YouTube एप्लीकेशन पर ही ऐसा कर दिया है एडिट और जो है वहां पर एलेक्ट्रिक्स पर क्लिक करके आप जो है करंट का आप जो है जैसे ही अपने वीडियो अपलोड कर दिया उसी टाइम आप जो है देख सकते हैं कि आपके वीडियो का परफॉर्मेंस क्या है वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से यानी कि YouTube जो है अब पूरा टिकटॉक बनने वाला है बनने वाला नहीं बन रहा है और वाइट स्टूडियो को लगता है वो लात भगा देगा क्योंकि व्हाइट स्टूडियो का पूरा काम जो है अब यूट्यूब एप्लीकेशन पर ही सब कुछ यहाँ पर दे रहा है तो व्हाइट स्टूडेंट को कौन यूज़ करेगा सब कुछ जो यूट्यूब पर ही दे देगा तो, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इन तीनों में से अपडेट आपको सबसे अच्छा कौन सा अपडेट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट में तब तक विधान अपना एंड लव यू ऑल